किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा अपने ही अपने को काटते हैं अगर वो उनसे विरुद्ध खड़े लेकिन अगर वे साथ खड़े हैं तो वो किसी भी चीज का किसी भी घटना का किसी भी दिक्कत का या किसी भी परेशानी का सामना डटकर कर सकते हैं साथ रहे खुश रहे अपनों को साथ